जय हिंद तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के एक मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक टिशू के बारे में गायज टिशू क्या होता है अ ग्रुप ऑफ आ ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल टिशू कोशिकाओं के समूह को हम लोग उतक कहते हैं तो गाय अब हम लोग यहाँ पर उतक के बारे में जानेंगे उतक जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं पाला होता है पेशी उतक मसल टिशू दूसरा होता है तंद्रिका उतक न्यूरॉन टिशू तीसरा होता है संयोजी सही, उतक कनेक्टिव टिशू और चौथा होता है उपकला उतक एडिपोस्ट टिशू तो गैस ये होते हैं टिशू के प्रकार उतक के प्रकार तो गैस अब ये जो पेशी उतक होता है यह हमारे मसल्स में पाया जाता है हमारी मांसपेशियों में पाया जाता है पेशी उतक के द्वारा हमारी मांसपेशियाँ बनी होती हैं और ये जो मांसपेशियाँ होती है हमारे बॉडी को हमारे बॉडी को सुडोल व अच्छा बनाती है पेशी मांसपेशियां तो अब गाय हम लोग मसल्स टिशू मसल्स टिशू के बारे में जानते हैं तो जो मसल्स टिशू टी, होते हैं वे चार प्रकार के होते हैं पहला होता है रेखी जिसे बोलते हैं यूडेंट्रा दूसरा होता है आ रेखी जिसे बोलते हैं इन्वेल्ट्री इसके बाद तीसरा होता है हृदय पेशी जिसे बोलते हैं कार्डिक्स मसल तो गाइस अब जो यार रेखे टिशू होता है या क्या होता है तो जो रेखे टिशू होता है यह हमारे हाथों में पाया जाता है और गाइस इसके साथ साथ जो रेखे टिशु होता है इसे हम लोग ऐच्छक टिशु भी बोलते हैं इसे हम लोग इच्छिक टिशु भी बोलते हैं गाइस इसे ऐच्छिक टिशु को क्यों बोलते हैं क्योंकि यह हमारे मन के हिसाब से हमारे तरीके से कार्य करता है क्योंकि गाइस यह जो होता है रेखे टिशू यह हड्डियों से जुड़ा रहता है जैसे हम लोगों का हड्डी यहाँ पे हम लोग लो मन करे ऐसे ऐसे इसे हिलाए या हमारे अंगुलियों में हम लोग ऐसे करें तो गाइस यह जो है हमारे मन से कार्य कर रहा है और गाइस यह हड्डियों से जुड़ा रहता है यह हमारे अपने तरीके से कार्य करता है इसके साथ साथ गैस यह जो होता है इसमें थकान लगता है यह जो रेखे टिशु होते हैं जो रेखे टिशु के द्वारा बना होता है अंग उसमें थकान लगता है और वो जो थकान लगता है वह लैक्टिक अम्ल के कारण लगता है गाय जो इसमें थकान लगता है वह लगता है लैक्टिक अम्ल के कारण जब लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में हमारे शरीर के मसल्स में जमा हो जाते हैं तो हमारे शरीर की मांसपेशियां थक जाती हैं यह प्रक्रिया होती है रेखी मांसपेशिया में जो रेखी उतकों के द्वारा मांसपेशिया बनी होती है उसमें ये प्रक्रम होते हैं क्या क्या पाला तो ये हड्डियों से जुड़ी रहती है दूसरा ये थक जाती है। और तीसरा थकान, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है और गाइस इसके बाद इसमें आता है दूसरा इनवाइलेंट्री मसल इनवाइलेंट्री टिशू मिलकर मसल का निर्माण करते हैं तो गाइज इनवाइलेंट्री टिशू क्या होता है यह आर एक ही इसे हम लोग अनैच्छिक भी बोलते हैं इसे हम लोग अनैच्छिक भी बोलते हैं अनैच्छिक भी बोलते हैं गाय इसे क्यों बोलते हैं क्योंकि यह हमारे तरीके से हमारे माइंड के हिसाब से कार्य नहीं करता है जैसे गाय मान लीजिए हम लोग भोजन करते हैं भोजन गया हम लोगों के आमाशे में तो गायज इसके एग्जाम्पल के बारे में पहले बात कर ले तो गाय इसके जो एग्जाम्पल होते हैं हमारा यकृत हुआ हमारा आमाशय हुआ छोटी आंत हुआ बड़ी आंत हुआ तो गायज इसके एग्जाम्पल हैं अनैच्छिक के या जो होता है अरेखी टीशु के एग्जाम्पल है हमारा आंत हुआ छोटी आंत हुआ हमारा अग्नाशय हुआ आमाशय हुआ यकृत हुआ ये सब इसके पार्ट है क्यों है क्योंकि गायज यह जो है अनैच्छिक टिशु कहलाता है क्यों कहलाता है क्योंकि यह हमारे हिसाब से हमारे माइंड के हिसाब से कार्य नहीं करता जैसे गाइस हम लोग भोजन किए अब हम लोग कह दे कि भोजन को 10 बजे रात को पकाना है तो गाइस ऐसा नहीं है कि यह भोजन को 10 बजे रात को पकाएगा यह भोजन गया तुरंत मुख से इसकी पाचन क्रिया शुरू हो जाएगी तो गाइस यह अंतर होता है रेखी व आ रेकी में रेखी को ऐच्छिक मासवेशी बोलते हैं यह हमारे मन के हिसाब से हमारे दिमाग के हिसाब से कार्य करता है इसे हम लोग हिला डुला सकते हैं और यह थक सकती है और जो आर एक ही होती है गाय जब कभी भी नहीं थकती है जैसे मान लीजिए हमारा हार्ट है जब से हम लोगों का निर्माण हुआ तब से हमारा हार्ट लगातार कर कार्य कर रहा है ऐसा तो है नहीं कि हम लोग रात में सो जाते हैं हमारा हार्ट भी सो सो जाता है हमारा किडनी भी सो जाता है छोटी या बड़ी या तमास है सब सो जाते हैं नहीं गाइज ये नहीं सोते हैं बल्कि ये निरंतर कार्य करते हैं जो अनैच्छिक या आनेखी इन्वॉलेंट्री टिशू होते हैं इनके द्वारा जिस पेशी का निर्माण होता है ये लगातार कार्य करते हैं और जो रेखी होता है ये थक जाते हैं इसके बाद गाय इसमें तीसरा है हृदय यह आ का ही भाग है गाय जो हृदय होता है इससे हम लोगों का बना रहता है हमारा हॉट जो हमारा हृदय होता है इससे बना रहता है गायज हृदय पेशी से ये हृदय पेशी हमारे हार्ट के चारों तरफ घेरे रहते हैं तथा ये ब्लड को पंप करने के काम में आते हैं तो गायज इन तीनों पेशियों के द्वारा हमारा मिलकर क्या बनता है पेशी उतक तो गायज आप लोग समझ गए इसके बाद गायज हम लोगों का दूसरा है तंत्रिका उतर तंत्रिका उतर क्या होते हैं जिससे हम लोगों का दिमाग बना रहता है न्यूरान कोई तंत्रिका बोलते हैं इससे हम लोगों का दिमाग बना रहता है दिमाग में जो हम लोगों के सभी प्रकार के प्रतिवर्ती व अनुवर्ती क्रियाएं होती है यह सब यही सूचना प्रदान करता है पेशियों के द्वारा जैसे मान लीजिए गाय हम लोग रात में कहीं जा रहे हैं तो गाय जैसे रात में कहीं जा रहे, है अगर कोई भी जीव हमारे पैर के नीचे पड़ता है तो यह तुरंत सूचना देता है माइंड को किसके द्वारा मिलता है वह मिलता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा तो जो तंत्रिका तंत्र होता है तुरंत हमारे माइंड को आदेश देता है जिससे हम लोगों का जो भी अंग उस जीव के ऊपर पड़ा रहेगा उसे तुरंत हम लोग झटके से हटा लेते हैं तो गाइस इस प्रकार के उतर के द्वारा हमारा दिमाग बना रहता है इसके बाद गाइस इसमें नेक्स्ट है संयोजी उतक कनेक्टिव टिश्यू तो गाइस जो कनेक्टिव टिशू होता है यह इसमें होता है रक्त लचका ब्लड व लिम्प क्योंकि गाय जो हमारा ब्लड होता है यह हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है और जो लसिका है लसिका में ही हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है लसिका में ही हमारा ब्लड फ्लो फ्लो हो रहा है जैसे गाय चाय में चाय पत्ती मिला रहता है वैसे ही लसिका में जो होता है हमारा ब्लड मिला रहता है तो गाय जिया हमारे पूरे शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से कनेक्ट करे रहते हैं क्योंकि यह जो ब्लड होता है यह हमारे शरीर में पूरी जगह फैला होता है और लिम्प भी इसमें पीले पीले होते हैं पूरी तरह हमारे शरीर में फैले रहते हैं तो गाय यह हमारे शरीर में कनेक्ट का, का काम करते हैं कनेक्शन का, का काम करते हैं इसके बाद गाय जाता है इसमें हड्डी जो हड्डी होता है यहाँ पर है हड्डी हमारे यहाँ पर है हड्डी हर जगह हड्डी है तो जो हड्डी है यह किसके द्वारा बना हुआ है सयोजी उतक के द्वारा सयोजी उतक के द्वारा हमारा हड्डी बना हुआ है जो हमें खड़ा होने में चलने में विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों को पूरा करने में मदद करता है इसके बाद गायज इसका नेक्स्ट है उपास जो उपास बना होता है या भी संयोजित उतक का बना होता है गायज उपास हड्डियां क्या होते हैं जैसे हमारे नाक की हड्डी है इसे हम लोग ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं हमारे कान की हड्डियाँ इसे हम लोग मोड़ निचोड़ सकते हैं तो गायज यहाँ पर जो है हमारी जो वाल जो हड्डियाँ हैं उसे उपास थी हड्डी यह कहती है तो यह जो हम लोगों का बना है यह सयोजी उतक के द्वारा बना है तो गाय जैसे पूछते हैं सयोजी उतक के एग्जाम्पल तो हो जाएगा ब्लड लिम्प इसके बाद हड्डियों में तो हड्डी उपास थी हड्डी तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके बाद गाय नेक्स्ट है उपकला उतक एडीपोज टीसो तो गाय जो उपकला उतक होता है इससे हम लोगों का फैट बना होता है हम लोगों का वसा बना होता है गाय जब वसा का क्या काम है जो वसा होता है या हमारे बॉडी को सुंदरता प्रदान करता है जैसे जिनके पास वसा अत्यधिक होता है वो लोग मोटे ताज़े होते हैं इसके साथ साथ जो हम लोगों का फैट होता है या हम लोगों को चोट से लगने से जो चोट लगता है उससे हमारी मदद करता है क्योंकि गाय जो वसा अत्यधिक मात्रा में रहेगा जब चोट लगेगी तो जो हम लोगों का वसा है वही उसे रोक लेगा उसे हड्डियों तक नहीं जाने देगा इसके साथ साथ गाय जो वसा होता है यह हमें ठंड से बचने में मदद करता है ठंड को रोकने में मदद करता है तो गाय पाला या तो हमें सुंदरता प्रदान करने में मदद करता है दूसरा यह जो होता है फेड होता है जो यह चोट से लगने में मदद करता है इसके साथ साथ यह जो फाइट होता है जो वसा होता है पहला तो यह चोट से लगने में और दूसरा सुंदरता प्रदान करने में तीसरा जो ठंडी लगती है ठंड से बचने में गैज आप लोग देखे होंगे अक्सर महिलाएं ठंडी में स्वेटर नहीं पहनती हो, वैसे कान को खोले रखकर चलती है क्यों गायस क्योंकि उनमें जो होता है वसा की मात्रा अत्यधिक होती है जिसके कारण उन्हें ठंड बहुत ही कम लगती है और जो पुरुष होते हैं मोमफलर इसके बाद टोपी विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के द्वारा अपने शरीर को ढके रहते हैं फिर भी उन्हें ठंड लगता है क्योंकि जो पुरुष पुरुष होते हैं महिलाओं की अपेक्षा उनमें वसा बहुत ही कम होता है और महिलाओं में अधिक होता है इसीलिए गाइस महिलाएं ठंडी के महीने में उन्हें ठंड नहीं लगती है महिलाओं को और पुरुष को अत्यधिक ठंड लगती है तो गाइस आप लोग जान गए वसा के बारे में इसके बाद गाइस जो हंच होता है जो आप लोग देखे होंगे ऊँट के ऊपर का जो भाग होता है जैसे मान लीजिए ये ऊँट का शरीर है यहाँ पर ऐसे उठा हुआ रहता है कुबड़ तो गायज कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पर जल भरा होता है नहीं गायज यहाँ पर जल नहीं अपे तो यहाँ पर वसा भरा हुआ होता है ऊंट के कुबड़ में वसा भरा हुआ होता है तो गायज जो वसा होता है वह ऊंट के कुबड़ में पाया जाता है इसके बाद गायज है नेक्स्ट पेट जैसे गायज आप लोग देखे होंगे जो लोग काफ़ी मोटे हो जाते हैं उनका जो पेट होता है वह काफ़ी निकल जाता है वह पेट किस लिए निकलता है क्योंकि गाय जो वहाँ पर जो फैट की मात्रा है जो वसा की मात्रा है वह अत्यधिक हो गई है अगर आप लोग उनको 10-15 दिन तक खाना भी ना देना तब तो पर भी जो उनका वसा है वह कम नहीं होगा गाय इसको कम करने के लिए हमें डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए तथा उसके उचित इलाज से जो है मोटापा व्यक्ति को कम किया जा सकता है क्या फैट की वजह से व्यक्ति में मोटापा नामक बीमारी होती है जिससे व्यक्ति अत्यधिक मोटा हो जाता है उसे चलने में बहुत ही दिक्कत होती है इसके बाद गाय जो झुर्री होता है ये जो झुर्रियाँ होती हैं ये हमारे चेहरे के या हमारे त्वचा के निचले भाग में पाई जाती हैं हमारे त्वचा के आंतरिक भाग में स्थित होती हैं। तो गाय जी हमारे त्वचा के आंतरिक भाग में स्थित होते हैं जब व्यक्ति 50 साल या 60 साल की एज में आता है जब व्यक्ति पचास साल या साठ साल के एज में आता है तो ये जो होता है जो झुर्रियाँ होती हैं ये त्वचा के नीचे से हट जाती हैं और ये झुर्रिया किसकी बनी होती है उपकला है तो जब ये नष्ट हो जाती है, तो आप लोग देखते हैं जो बुढ़ापे लोग होते हैं जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें ऐसे चमड़ा ऐसे एकदम सिकुड़ जाता है क्यों गाइस क्योंकि उनमें जो झुर्रिया होती है वो पड़ जाती है उनके त्वचा के आंतरिक भाग से जो उपकला ऊ होता है एडी पोस्ट इश्यू होता है वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है जिसके कारण उनमें झुर्रियाँ पड़ जाती है और गाइस यही जब व्यक्ति यंग रहता है चाइल्ड रहता है बच्चा रहता है नौ युवक रहता है तो उनमें यह पूरी तरह से बनी रहती है जिसके कारण उसमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं इनका भी गायज एक समय होता है जैसे जैसे व्यक्ति के समय होता है वह 40 से 50 साल 60 साल तक जाता है तो ये जो उपकला उपकलाउतक होते हैं ये त्वचा के नीचे से हट जाते हैं तो गाइज उनमें झुर्रिया पड़ जाती हैं तो गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आप लोग अगर स्क्रीन शार्ट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद जय भारत